तो अष्टमी तिथि को नारियल और नौमी तिथि को लवकी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए योग रहेगा अतिगंड इसके उपरांत सुकर्मा योग रहेगा रविवार दिन रहेगा तो पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल होता है दिशाशूल का मतलब होता है कि दिशा में शूल अर्थात कांटे उस दिशा में अगर आप पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि कांटे बीचे होंगे आपके पैर में घर जाएंगे आप उस दिशा की ओर यदि कोई सार्थक प्रयास करेंगे कार्य करेंगे तो आपके कार्य नहीं होंगे तो कार्य आपके कैसे हो तो कोशिश कीजिएगा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 तो ये तो था हमारा मेष से लेकर के मीन राशि तक का राशिफल प्लीज आप लोग लाइक कीजिए नए हैं तो सब्सक्राइब बगल में बना बेल बेलाइकन दबाइए फेसबुक पेज पर देख रहे तो इस वीडियो को शेयर करने में कंजूशी मत कीजिए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और 18 उन्नीस अक्टूबर को दिल्ली में मिलना ना भूलिए तब तक के लिए नमस्कार